नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत करते हैं हम अपने चैनल में जिसका नाम है देश दुनिया दोस्तों मैं डेली जो करंट अफेयर चलाता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जो हमारे प्रजेंट टाइम में घटना घटी रहती है देश और विदेश में उसी का करंट अफेयर रहता है आपको मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस वीडियो को जो भी दोस्त देख रहा है उसे ध्यान से देख रहा है और पूरा वीडियो देख रहा है तो उसे जरूर फायदा होगा आने वाला कोई भी एग्जाम हो जिसमें करेंट अफेयर पूछता है जी पूछता है और आपको एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्योंकि प्रजेंट टाइम के तो हो तो ही पूछते हैं ना करेंट अफेयर जो एग्जाम में प्रजेंट टाइम के जो पूछते हैं वो करंट अफेयर्स पूछते हैं तो तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है यहाँ पे वीडियो में तो आप दे, देख रहे हैं ध्यान से तो फंसेगा नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और इस वीडियो को जो भी दोस्त देख रहा है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाल रंग का जो बटन है सब्सक्राइब लिखा है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले जो घंटी का वेल आइकन के निशान है उसे क्लिक कर दें तो लेटेस्ट वीडियो मैं रोज़ बनाऊँगा डेली आपके स्क्रीन पर आ जाएगा ऑलरेडी और आप उसे टच करके देख सकते हैं फ्री में बिल्कुल और सोचा अच्छा एक बार और जो दोस्त हमारे वीडियो को देखता है अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना दोस्तों उससे मुझे एक एनर्जी मिलती है जो रोज़ डेली मैं वीडियो बनाता हूं उस उससे मुझे एनर्जी मिलती है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मे, मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर कर देना जैसे सोशल अकाउंट आप चलाते होंगे व्हाट्सअप फेसबुक जो भी अदर अकाउंट है अपने दोस्तों के बाद शेयर कर देना तो क्वेश्चन कहा गया है तो अभी भी, इसका नाम है धर्म गार्डियन जापान कहा दो हजार अठारह कहा आयोजित किया गया है तो यह आयोजित किया गया है मिजोरम में कहा मिजोरम में इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मैंने ट्रिक लगा दिया ऑलरेडी तो यह आप इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखें क्या नाम है इसका धर्म गार्डियन ठीक है और धर्म गार्डियन और ये किन किन देशों के बीच है तो इंडिया और जापान के बीच है और यह अभी हाल ही में मिजोरम में आयोजित की जाएगी तो यह याद रखिएगा इस क्वेश्चन से अब बात आइए जापान की तो जापान के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों जापान का कैपिटल है टोक्यो और जापान का करेंसी है येन और प्रेजेंट टाइम के जापान के प्राइम मिनिस्टर है, है एग्जाम का का में तो जापान का संसद का नाम है डाइट डाइट क्या नाम है डाइट? तो चलते अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में जूनियर श्रेणी में वन जीवी फोटो पुरस्कार किसने जीता है तो अभी भी जूनियर श्रेणी में वन जीव फोटो पुरस्कार जीते हैं इसका बी ऑप्शन सही होगा अर्शदीप सिंह ने इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मैंने ट्रिक लगा दिया है ऑलरेडी तो अर्शदीप सिंह ने जीता है यह वन फ़ोटो पुरस्कार अच्छा बात आई है जूनियर की तो और ये मात्र दस साल के हैं कितने साल के हैं 10 साल के हैं एक बच्चे जैसे हैं दस साल के और इन्होंने अभी हाल ही में यूके नेचुरल हिस्ट्री विजुअल द्वारा आयोजित वन फोटो पुरस्कार जीत लिया है और ये मात्र 10 साल के हैं लेकिन ये पिछले 6 सालों से पिक्चर क्लिक कर रहा है और इनको किस पिक्चर के लिए यह अवार्ड मिला है तो पंजाब के पास कपूरथलाया स्थान कपूरथला में कचरे में एक पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ था उसमें दो उल्लू बैठे थे और इन्हीं की पिक्चर को क्लिक क्लिक करने पर इनको यह पुरस्कार मिला है अर्षदीप सिंह को तो इस क्वेश्चन से आप यहाँ जरूर याद रखिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का सबसे विकसित गांव किसे घोषित किया गया है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा मैंने ऑलरेडी ट्रिक लगा दिया है अभी अभी भारत का सबसे विकसित गांव घोषित किया गया है कुल कुलीगोद को यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अच्छा ये कुली है कहाँ पर गाँव तो यह कर्नाटका कर्नाटक राज्य का एक गाँव है कुलीगोद और उसी को अब सबसे विकसित गाँव घोषित कर दिया गया है इंडिया का तो बात है ये कर्नाटका की तो कर्नाटका के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलौर और प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के एच कुमार स्वामी कौन है एच कुमार स्वामी और गवर्नर है प्रेजेंट टाइम के वहाँ के वजूभाई वाला कौन है वजूभाई वाला और आपको बता दें आपको बता दें एक बार और एग्जाम में पूछता है कि प्रधानमंत्री मोदी कि किस किस गाँव को गोद लिए हैं तो जयपुर जयापुर मैंने इस पर लिखा है एक तो जयापुर हो गया और दूसरा हो गया नागपुर या दूसरा नागपुर ए, ए और सी ऑप्शन को गोद लिए हैं प्रधानमंत्री ये दोनों गाँव का नाम मैंने लिखा है और एक और नया गांव है जो ककैया जो है ककैया ककैया गांव का भी गोद लिए है प्रधानमंत्री ने तो इस क्वेश्चन से आप इतना जरूर याद रखिएगा चलते अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में रूस और रूस और किस देश के राष्ट्रपति ने राजनीतिक सहयोग संधि संधि पर पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर किए किए हैं तो तो अभी अभी रूस रूस और और मिस्र इसका बी सही हो और मिस्र तो इसका इसका ऑप्शन ऑप्शन सही सही के राष्ट्रपति ने राजनीतिक हो जाएगा अच्छा ये हस्ताक्षर रूस और मिस्र के बीच हुआ है तो अभी अभी रशिया और मिस्र के यानी अभी अभी रशिया और मिस्र के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वहाँ के सॉरी राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट वहाँ के जो है रसिया के व्लादिमिर पुतिन और मिस्र के प्रेसिडेंट अपदेव भत्ता और अलसीसी इन दोनों ने राजनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं अच्छा ये हस्ताक्षर हुआ कहाँ है तो यह हस्ताक्षर हुआ है रसिया में एक जगह है सोची वहीं पर इन दोनों ने मीटिंग हुई थी इन दोनों के बीच मीटिंग हुई थी और वहीं पर इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ है तो बात आई है, तो है तो मिस्र की बात आई है तो मिस्र के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों मिस्र का कैपिटल है काहिरा और करेंसी है मिस्र की इंजिप, इंजिप्टियन ऑन और प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है वहां के मिश्र के अब फत्ता LCC, तो इस क्वेश्चन से आप इतना जरूर याद रखिये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में डेटा उल्लंघन के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया तो अभी डेटा उल्लंघन के मामले में भारत रहा है दूसरे इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑलरेडी बी ऑप्शन लगा दिए ऑप्शन सही हो जाएगा डेटा उल्लंघन के मामले भारत दूसरे नंबर पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि डेटा उल्लंघन है क्या क्या तो अब यह डेटा उल्लंघन है जो आप आपने न्यूज या न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में देखा या पढ़ा होगा कि आधार कार्ड की डाटा लीक हो, हो गया है तो आप अपना डाटा भरोसा सरकार के भरोसे देते हैं और वह डाटा लीक हो जाता है तो उसी को कहते हैं डाटा उल्लंघन तो इ, इसके मामले में अपना देश रहा है दूसरे नंबर पे भारत दूसरे नंबर पर आया है और दूसरे पर भारत रहा है तो पहले पर कौन रहा है ये भी तो जानना जरूरी है तो पहले पे आपको जानकर चौंक जाएंगे कि अमेरिका पहले पर रहा है सबसे ज़्यादा डाटा उल्लंघन अमेरिका में होता है पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर अपना इंडिया है ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन से आप इतना जरूर याद रखिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रेक इनटू इंडिया स्टेट कमेटी का गठन किस देश ने किया है तो अभी अभी इन ब्रेक इनटू इंडिया स्टेट कम, कमेटी का गठन की, किया है इसका श्रीलंका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मैं ट्रिक लगा दिया श्रीलंका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यह कमेटी की श्रीलंका गठन किया है तो बात आई है श्रीलंका की तो श्रीलंका की बात आई है तो अब यह ब्रेक इनटू इंडिया स्ट्रेटजी कमेटी है क्या तो तो श्रीलंका ने इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ब्रेक इनटू इंडिया स्ट्रेटी कमेटी बनाई है और श्रीलंका के जो उद्योगपति हैं वे इंडिया में आसानी से इन्वेस्ट कर सकें कर पाए इसके लिए यह कमेटी बनाई गई है और यह किसने बनाई है तो श्रीलंका ने बनाया तो श्री का के के के है तो श्रीलंका की बात आई तो श्रीलंका के बारे में कुछ जान देते हैं दोस्तों श्रीलंका का कैप्टन है कोलंबो और एक और कैप्टन है उसका श्री जेविंदरपुर में और करेंसी एक करेंसी है श्रीलंका की श्रीलंका रूपी और प्रेजेंट टाइम के श्रीलंका के प्रेजिडेंट है मैत्रीपाल श्रीसेन कौन है श्रीसेन तो इस क्वेश्चन से आप इतना जरूर याद रखियेगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा तो अभी भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यह सुरंग हिमाचल प्रदेश बनाया जाएगा तो अब यह सुरंग रेलवे स्टेशन का क्या मतलब है तो यह सुरंग के अंदर इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में यह हिमाचल प्रदेश में आखिर बनाया कहाँ जाएगा तो यह बिलासपुर हिमाचल प्रदेश की एक जगह है बिलासपुर मनाली ले लाइन है जो रेलवे की उस पर बनाया जाएगा यह इंडिया का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन तो बात आई है हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला और चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर और प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वहाँ के आचार्य देव व्रत तो इस क्वेश्चन से आप इतना जरूर याद रखियेगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हाल ही में जल कीटाणु शोधन के लिए नई तकनीकी ओनीर किसने विकसित किया है इसका नाम है ओनीर किसने विकसित किया है तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा मैंने ट्रिक लगा दिया ऑलरेडी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा तो सी एस आई आर ने विकसित किया है तो बात आई सी एस आई आर की तो इसका फुल फॉर्म जानते हैं तो सी का फुल फार्म होता है काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर रिसर्च क्या होता है इसका फुल फार्म काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक सौ एंड एग्रीकल्चर रिसर्च ठीक है दोस्तों आप लिखना चाहें तो लिख लिया मैंने बोल देता हूँ काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फार्म होता है यह टेक्नोलॉजी है तो यह टेक्नोलॉजी क्या है तो जो जल में जितने भी वायरस यानी बैक्टीरिया है उसे यह खत्म कर देगी तो इस यह ओनिर किसने लॉन्च विकसित किया है तो यस सी इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर याद रखिएगा इतना अब आपसे एक बात कहना चाहते हैं दोस्तों जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं आप तो उसे सब्सक्राइब करें के लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को और लाइक करते मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो फिर कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए फ्रश के साथ दोस्तों तब तक बाय बाय टाटा तो कल फिर से इक्कीस अक्टूबर को मिलेंगे दोस्तों